हेलो गाइज आज हम आपको लेके आ गए हैं फिर से एक शानदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए ऐसे में बना देंगे एक्सपर्ट बिल्कुल सही सुना आपने एकदम धांसू और ट्रिप्स वीडियो लेके आए हैं ऐसी ट्रिप्स मैंने वीडियो और भी डाल रखी है आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं दोस्त मेरा नाम आकाश कुमार है हमारा रुपया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो एक्सेल आपका होता है एक्सेल में जो मेनूवार होते हैं उनको हमने बताया था कि मेन्यू मैच कैसे करते हैं और आज हम आपके लिए बताएंगे उनका नाम वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं बिल्कुल सही सुना आपने इन कामों को भी आप कर सकते हैं वो भी हमारे वीडियो देख के आसानी से है बिल्कुल फ्री में तो वो आपके लिए कुछ नहीं करना है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा एक्सल यहाँ पे आ गया है हमने ला के रखा हुआ है आप चाहे तो यहाँ से भी विंडो पे जाके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं फटाफट है करते हैं तो इसी तरह से आपको ओपन कर करने बहुत सारे होम इन शर्ट पेज रे आउट फार्मूला डाटा रिव्यू ये लिखे आ रहा है इनका हमें नाम चेंज कैसे करते हैं नाम चेंज करने के लिए हमें किसी एक पे आइकन पे राइट क्लिक करके और कस्टमाइजेशन पे जाना है हम चाहते हैं कि हमारा जो होम फोल्डर है उसका नाम अपना तो नाम डालना है यहाँ पे होम फोल्डर पे अपना नाम डालने के लिए यहाँ पे करना होगा रिलने नाम डाल सकते हैं इस तरह से देना है पे। आपको यहाँ पे उसको करना है ओके okay. आप तो देख सकते हैं कि हमारा आकाश कुमार नाम लिख के यहाँ पे आ गया है आप चाहें तो जिसका भी नाम चेंज करना चाहे इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हैं हम चाहते हैं इंस्टर्ट का नाम चेंज करना है रिलनेम करना है यहाँ पे लिखना है माई जो भी आप नाम चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है यहाँ करते हैं यहाँ पे नाम चेंजेस तरह से कर सकते हैं सभी मेनू मीनू का इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए कि इनको मिनिमाइज कैसे करते हैं तो वीडियो आपके लोग ऐसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें जय हिंद दोस्तों